न कोई फूल न कोई खुशबू न कोई रौनक उस पे कांटों की जिहालत नहीं देखी जाती हमने खोली थी इसी बाग में अपनी आंखें हमसे इस बाग की हालत नहीं देखी जाती